आज मैं आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसमें दोस्तों आपको किसी तरह का कोई गेम या फिर किसी तरह का कोई टास्क पूरा नहीं करना है इसमें दोस्तों आपको अपनी जेब से एक भी रुपये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोस्तों इसमें आप पैसे और रिवॉर्ड दोनों एक साथ कमा सकते हैं दोस्तों हम बात करते हैं अप्लीकेशन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जैसे हमारे अदर शोशल मीडिया एप्लीकेशन है फेसबुक इंस्टाग्राम तो ये एप्लीकेशन भी दोस्तों उसी तरह का एक एप्लीकेशन है इसका प्लस पॉइंट दोस्तों यह है कि ये एप्लीकेशन पूरा मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है और यह एप्लीकेशन को सोनू सूट सर के द्वारा लॉन्च करा गया है दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि इसमें आपको प्राइवेसी सिक्योरिटी की बेनीिट मिल जाती है क्योंकि दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी सोशल मीडिया अप्लीकेशन यूज़ करने के पहले हम ये चाहते हैं कि हमारी जो प्राइवेसी है हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी जो प्रोफाइल है वो किसी भी थर्ड पार्टी को शेयर ना करी जाए तो दोस्तों एप्लीकेशन के बारे में बात करने के पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके जाइएगा और अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अब दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में तो एप्लीकेशन का नाम है एक्सप्लोज़र एप्लीकेशन आप देख सकते हैं एक्सप्लोजर एप्लीकेशन सोनू सर के द्वारा इसे लॉन्च कर जा रहा है अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा अभी दोस्तों मेरा भी इस पर नया अकाउंट मैं बनाने जा रहा हूं। मैं सोचा आपको मैं लाइव दिखा देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहां पर हम साइनअप करेंगे साइनअप करने के लिए दोस्तों यहां पर चार स्टेप पूरे करने पड़ेंगे पहले स्टेप में हमें अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर सबमिट करना है तो आप मेरे साथ साथ भी चाहें तो अगर मोबाइल नंबर सबमिट कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा अपलिकेशन का वहाँ से इंस्टॉल और डाउनलोड करके आप इस इंटरफेस पर आ जाएँगे तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा सबमिट योर नेम अपना नाम यहाँ में डाल लेता हूँ दोस्तों नाम सब्मिट करने के बाद दोबारा आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है दोस्तों ध्यान रखना कि छः से पंद्रह करेक्टर का पासवर्ड होगा जो कि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड ट कर लिया है अब यहां से हम इसको करते हैं नेक्स्ट जैसे मैं दोस्तों यहां पे नेक्स्ट करता हूं तो यहां पर मेरे पास ऑप्शन आ जाता है डेट ऑफ बर्थ का तो यहां पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देता हूं अब दोस्तों देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि यो डेट ऑफ बर्थ वॉन्ट सीट मतलब कोई दूसरा इस डेट ऑफ बर्थ को नहीं देख पाएगा जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि, कि किसी भी सोशल मीडिया अप्लीकेशन को यूज़ करने के पहले हमारी इंपॉर्टेंट ये होती है हमारी इंपॉर्टेंस ये होती है कि हमारे जितनी भी प्राइवेसी है वो किसी भी थर्ड पार्टी को ना दिए जाए दोस्तों इस एप्लीकेशन का प्लस पॉइंट यही है कि इसमें आपका मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है और ये आपकी जो प्राइवेसी है वो उसको सिक्योर करेगी अब यहाँ पर दोस्तों नीचे हमें अपना सिटी नेम मेंशन करना है मैं यहाँ पर अपना सिटी नेम मेंशन कर दे रहा हूँ आप भी अपना जो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से आप यहाँ पर सिटी नेम को मेंशन कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों नीचे ऑप्शन है मेल से का आप उसमें से चूज़ कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन है प्राइवेसी वहाँ पर क्लिक करके नीचे नक्स्ट कर देंगे आप जैसे आप नक्स करेंगे तो आपके सामने वेरीफ़िकेशन कोड जाएगा आपके मोबाइल नंबर मोबाइल जो कि आपको वेरीफ़िकेशन कोड यहाँ पर सबमिट करना है मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मेरे पास वेरिफिकेशन कोड दोस्तों आ चुका है मैं वेरिफिकेशन कोड यहां पर सबमिट कर देता हूं सेवन नाइन एट एट ज़ीरो फ़ोर अब दोस्तों वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद यहां पर मैंने क्लिक कर दिया है नेक्स्ट और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपको अपने कॉन्टैक्ट के साथ इसको सिंक करना है अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके फ़ोन नाव पर क्लिक कर सकते हैं चलिए मैंने इसकी फोन नाव पे क्लिक करा अभी आपको दिखाने के लिए उसके बाद दोस्तों आपके सामने गाइडलाइंस आ जाएंगी किस तरह एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि डैशबोर्ड का ऑप्शन है अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से तो हमारे पास जो अदर ऑप्शन आ जाएंगे गाइडलाइन के तौर पर वो आपके पास आएँगे चैट का ऑप्शन कि यहाँ पर आप क्लिक करके चैट कर सकते हैं फिर मैं इसको नेक्स्ट करता हूं तो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं किसी भी फेवरेट जगह को या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को उसके नाम से आपके दोस्त हो या फिर किसी को आपको अदर नाम से सर्च करना हो मैं उस पर नेक्स्ट करता हूं नीचे आपके सामने होम का ऑप्शन मिल जाएगा और दोस्तों वहाँ पर फिर आपका ट्रेंडिंग का ऑप्शन है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं नीचे फिर आपका क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन है उसके बाद आपका लेवल्स है रिवॉर्ड्स है और नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन है अब दोस्तों आपके सामने इंटरफेस ओपन हो गया है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है अब दोस्तों देखिए इस एप्लीकेशन का प्लस पॉइंट यह है कि ये एप्लीकेशन इजी टू यूज़ है और दोस्तों इसमें जितनी पोस्ट आपको यहाँ सामने दिख रही हैं, वो सारी की सारी पोस्ट वन हैंडेड है मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर जूम या जुमाउट करना है किसी पोस्ट को देखने के लिए सब कुछ आपको इंस्टॉल करना है और ये ईजिली आप स्वाइप अप स्वाइप डाउन करके ईज़िली सारी पोस्ट को देख सकते हैं आइर आपकी वो फोटो हो या फिर आपकी वीडियो हो अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी प्रोफाइल के बारे में तो जो यहाँ पर आपको तीन लाइन मिल रही है तीन डॉट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी कि आपका नाम मेंशन जो आपने नाम मेंशन करा है आपका एड्रेस और मेल फीमेल नीचे आपके यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे लेवल्स या लेवल्स के हैं अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा नीचे दोस्तों आपका कूडोज वीडियो व्यूज़ और आपका पोस्ट पकेट लिस्ट आपकी सारे यहां पे ये नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाती है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं पॉपुलर प्लेस मेमोरी लेन सिंग कांटेस्ट और इनवाइट ऑन एक्सप्लोज़र गेट टू नो एक्सप्लोज़र और सेटिंग्स वगैरह अब यहां पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन को यूज़ आप कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस है तो सबसे पहले होम पर अभी हम लोग हैं होम पर आप देख सकते हैं यहाँ से आपको सारी वीडियोज़ और फोटो जो आप भी अपलोड करेंगे या आपके किसी फ्रेंड ने अपलोड करी है सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा अब यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं ट्रेंडिंग के सेक्शन पे जैसे दोस्तों आप ट्रेंडिंग के सेक्शन पे जाएंगे तो ट्रेंडिंग में जो दो दोस्तों वीडियो फ़ोटो आपको ट्रेंड में चल रही होगी वो सारे की सारे यहाँ पे आपको दिख जाएगी अभी दोस्तों थोड़ा एप्लीकेशन नेट स्लो चल रहा है मैं एक बार नेट ऑफ करके ऑन कर लेता हूँ नेट दोस्तों चालू हो गया है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको जितनी भी ट्रेंडिंग वीडियो फ़ोटो होंगी वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी अब दोस्तों इसके बाद ऑप्शन है क्रिएट पोस्ट का यहां से आप अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं जैसे आप यहां देख सकते हैं यहां से पोस्ट को लिख सकते हैं एक्सप्रेसर इन है कोई फोटो या वीडियो आपको अपलोड करनी है ट्रैवलिंग आपको मेंशन करना है और आप यहां से डायरेक्टली इस पोस्ट को फेसबुक और ट्विटर दोनों जगह सेंड भी कर सकते हैं यहाँ से आप अपनी प्राइवेसी को लगा सकते हैं कि आपको ये पोस्ट किसको दिखानी है एवरीवन का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है स्प्रेड किसके आपको किस पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे जाना है या आपको नहीं दिखाना है नीचे आपका सेव सेटिंग फॉर फ्यूचर एक्सप्लोजर मतलब मैंने दोस्तों जैसा आपको बताया कि आपकी प्राइवेसी को यहाँ पूरा ध्यान रखा गया है कि आपको पोस्ट किसको दिखानी है किसको नहीं दिखानी है अब दोस्तों हम बात करते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में देखिए अभी मैंने आपके सामने फ्रेश अपना नया अकाउंट बनाया है तो मुझे रिवॉर्ड्स क्यों मिल रखे हैं वो आठ हज़ार सौ मतलब 8100 के आसपास काउंट मिले हैं अब आपको नीचे यहां पर दोस्तों दिख रहा होगा कोबाल्ट सिल्वर गोल्ड स्पेक्ट्रा और प्राइम अब दोस्तों देखिए ये ये चीज़ें क्या हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ देखिए ये हैं हमारे लेवल्स जैसे आप देख सकते हैं इस लेवल में क्या है कि ये हमारे काउंट हैं एटी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो से ले 19,000 मतलब जीरो से लेके 19,000 तक जिनके पास ये काउंट्स होंगे उस काउंट्स के बिहार पर यहाँ पर दोस्तों आपको आपका लेवल बढ़ता जाएगा अभी मैं कोबाल्ट के सेक्शन में हूँ क्योंकि मेरे जो पॉइंट्स हैं वो आठ हजार पॉइंट हैं जैसे ही मेरे उन्नीस हज़ार हो जाएंगे मेरा जो सेक्शन कोबाल्ट से चेंज होकर सिल्वर पर आ जाएगा फिर सिल्वर पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंशन है बीस से उनचास पचास से निन्यानवे हज़ार एक लाख से पाँच लाख के आसपास ये दोस्तों आपका पाँच लाख प्लस है अब दोस्तों यहां पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये काउंट्स कैसे मिलेंगे और किस तरह अब दोस्तों बात करते हैं कि ये पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे और किस तरह इसको अर्न कर सकते हैं नीचे आप देख सकते हैं एक्टिव रिवॉर्ड्स का ऑप्शन है जैसे मैं एक्टिव रिवॉर्ड्स ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर कुछ रिवार्ड्स वगैरह मिल रखे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं थर्टी ऑफ दिसंबर के पहले मुझे सौ रुपये का ऑफ पीवीआर वी के टिकट में मिल रहा है यहाँ पे कुछ रिवार्ड्स वगैरह मिल रखे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ दोस्तों बात करते हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हैं वीकली रेफल ये दोस्तों कोई इनका आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी तरह तो का कोई कॉन्टैक्ट वगैरह आ रहा है जिसमें आपको मतलब एक क्राइटेरिया दिया जाएगा या फिर एक आप ये के चलिए कि एक वीकली में आपको एक टारगेट दिया जाएगा अगर वो टारगेट आप पूरा कर पाते हैं तो यहाँ पर आप उसको इजीली यहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं लिटर बोर्ड के बारे में जो कि दोस्तों आपको कमिंग शून है अभी तक नहीं आया है अब दोस्तों बात करते हैं काउंट समरी जैसा आपको काउंट इकहत्तर एटी वन काउंट दिख रहा है तो काउंट आप कैसे कमा सकते हैं अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कोबाल्ट सिल्वर गोल्ड स्पेक्ट्रा प्राइम पे क्या क्या मिलेगा वो तो आपको मेंशन है अब यहाँ बात करते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर पोस्ट पे किस पर्टिकुलर क्लिक पे कितने काउंट मिलेंगे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप माइल्स जीरो पर हैं तो यहाँ जीरो तक आपका मैंशन है सिटी पर अगर आप हैं तो आपको सौ वहाँ पर काउंट मिल जाएंगे और अगर आप कंट्री पर एक सौ तीन के बीच में हैं तो आपको वहाँ पर तीन हजार में आपको पाँच हज़ार ये सारे दोस्तों यहाँ पे आपको काउंट मिलते रहेंगे लेटर बोल्ट ये आपको काम कैसे करेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ देखिए दोस्तों जैसे आप एक पोस्ट करते हैं तो आपको दस काउंट मिल जाएंगे अगर आप फॉलोवर आपके इंक्रीज होते हैं दस अकाउंट आपको उसमें मिलेंगे आपका एक फॉलो बढ़ेगा यहाँ आपके दस अकाउंट बढ़ेंगे दस कुडोज का करते हैं दस कुडोज मतलब दोस्तों मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि क्डोज़ का मतलब क्या है यहाँ पर ये यह थोड़ा क्लोज लाइन अलग यहाँ पर लिखी गई है इसका मतलब मैं आपको बता दूंगा कि आप दस कुडोज करेंगे तो आपको एक काउंट मिलेगा सौ वीडियो व्यूज़ करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दस काउंट मिलेगा माइल पर एक काउंट है आपका एक्सलेजर इंक के अंदर आपका हंड्रेड काउंट है सिटी हंड्रेड काउंट कंट्री आपका तीन हजार काउंट और कॉन्टीनेंट आपका पाँच हजार काउंट अब मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि कुडोज का मतलब तो दोस्तों यहां से हम बैक जाएंगे पहले हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में यहां पर दोस्तों आपको सारी आपकी नोटिफिकेशन दिख जाएगी कि जो भी आपकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी अगर आपने इसे रीड कर ली है तो यहां पे रीड ऑल और क्लियर ऑल का ऑप्शन भी अवेलेबल है अब दोस्तों बात करते हैं कुडोज़ का ऑप्शन क्या है तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ देखिए कुडोज़ का मतलब क्या है जैसे हमारे सामने पोस्ट है अब इस पोस्ट के आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट का ऑप्शन है मतलब अगर आपको इस पोस्ट के ऊपर अपनी टिप्पणी या अपने आपको थाट्स देने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको सेंड कर सकते हैं अगर आपको इस पोस्ट को कहीं और शेयर करना है तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं तीसरा दोस्तों अगर आपको पोस्ट अच्छी लगती है तो यहाँ पर दोस्तों लाइक की जगह तीन ऑप्शन कुडोज़ के लिए हैं मतलब अगर आपको पोस्ट ज़्यादा अच्छी लगती है तो एक कुडोज पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो यहाँ पर दो कुडोज टैप कर सकते हैं नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पर तीन कुडोज़ पर आकर क्लिक कर सकते हैं मतलब दोस्तों यहां पे लाइक के ऑप्शन पे तीन को दे रखे हैं और यहां पर दोस्तों आपके लाइक पर ऑप्शन दे रखा है अगर आपको फ़ोटो तो नॉर्मल अच्छी लगती है तो एक पे क्लिक कर सकते हैं ज़्यादा अच्छी लगती है दो पे और काफ़ी अच्छी लगती है दोस्तों आप तीन पे क्लिक कर सकते हैं बाकी दोस्तों मैंने आपको पूरा एप्लीकेशन के बारे में बता दिया है एप्लीकेशन किस तरह यूज़ करते हैं सिम्पल एप्लीकेशन है दोस्तों और अच्छी बात मुझे इसमें लगी कि हमारी इसमें प्राइवेसी सिक्योर है और अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें पैसे आप कैसे कमा सकते हैं अब दोस्तों देखिए अभी इस एप्लीकेशन पर काम चल रहा है तो दोस्तों सिंपल सी बात है आने वाले टाइम में इसमें इंटीग्रेशन का डेट होगा जिससे कि हमारे पोस्ट पे एड्स वगैरह रन करना शुरू हो जाएंगे जब हमारे पोस्ट हमारे पोस्ट पे एड्स वगैरह रन करेंगे दोस्तों वहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं दूसरा दोस्तों हम अगर हमारा इस पर फेम बेस अच्छा बन जाता है मतलब अभी आप बिगनर हैं अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं और आने वाले टाइम पे धीरे धीरे इस पर एड आना स्टार्ट हो जाएगा आपका फेम अच्छा बन जाएगा तो वहाँ पर दोस्तों आप एफलेट मार्केटिंग भी कर सकते हैं और साथ साथ आप दोस्तों इस्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं अगर मान के चलिए अभी आपने स्टार्ट किया इस एप्लीकेशन पर और इन फ्यूचर आपका फेम बेस अच्छा बन गया तो आप अपने पोस्ट के द्वारा इस्पॉन्सरशिप कर सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया अभी इस एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन का काम चल रहा है जिसमें आपको आने वाले टाइम में इसमें ऐड्स वगैरह मिल जाएंगे होपफुली दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने आपको पूरा ट्राई करा है किस एप्लीकेशन के बारे में बताने के लिए इन केस अगर कोई क्वेरी या अगर कोई लूप होल मुझसे छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं इसको इम्प्रूव करूँगा और अगर आपको अकाउंट क्रिएट करने में या फिर इसके रिलेटेड या किसी और ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में अपडेट करना आप और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा दोस्तों तब तक के लिए बब बाय